देखिए सुनिए खबरें खबरों की तरह अब से हर रोज बीबीएन पर बिग ब्रेकिंग न्यूज जय हिंद आप देख रही हैं बीबीएन वर्ल्ड न्यूज मुख्य समाचारों के साथ मैं शारिणी चौहान थोक महंगाई उनतीस महीने के निचले स्तर पर मार्च में ये एक प्रतिशत रही फ्यूल और पावर सस्ते होने से महंगाई में आई गिरावट दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट आज लॉन्च होगा एलन मस्क बोले सफलता शायद मिले लेकिन एक्साइटमेंट गारंटेड ये इंसानों को मंगल ग्रह तक पहुँचाएगा हरियाणा में तेरह आई ए का ट्रांसफर सीनियर आई राजेश खुल्लर को मिली जिम्मेदारी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के साथ बने एफ राजस्थान में आंधी बारिश के साथ गिरे ओले हनुमानगढ़ गंगानगर बीकानेर में बरसात अगले तीन दिन ऐसा ही रहेगा मौसम केंद्र बोला सेम सेक्स मैरिज पर फैसला संसद का काम कोर्ट इससे दूर रहे इसे कानूनी मान्यता की मांग केवल एलिट क्लास की ही है सोच पंजाब हरियाणा बिहार समेत छह राज्यों में लू का अलर्ट बंगाल में स्कूल बंद जम्मू कश्मीर हिमाचल और उत्तराखंड में अगले दो दिन बारिश के आसार रामनवमी हिंसा मामले आरोप सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई यूपी की तर्ज आरोप नुकसान का हरजाना उपद्रव्यो ऐसी वसूलने की उठी मांग गैंगस्टर लॉरेंस जेल से बाहर लाया गया एनआईए पुराने केस में पूछताछ के लिए ले गई दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी कड़े सुरक्षा इंतजाम हरियाणा में पुलिस का ऑपरेशन प्रहार सत्तर टीमों की पचास अपराधियों के ठिकानों पर रेड लॉरेंस समेत कई गैंग के साथ बदमाश किए गए काबू बठिंडा में चार जवानों पर गोलियां साथी ने चलाई थी आरोपी ने राइफल चुराई थी कहा शारीरिक शोषण करते थे इसलिए मार डाला अतीक हत्याकांड की स्वतंत्र जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर महाराष्ट्र के नवी मुंबई में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह में हीट स्ट्रोक से मरने वालों की संख्या 11 हुई कर्नाटक में जल्द ही बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी करेगी जगदीश शेट्टार पर चर्चा नहीं बोले बास्व राज और सुडान में सैन्य गुटों में आपसी संघर्ष अब टकराव अब पूरे देश में फैल गया है कई जगहों से मिली हिंसा की खबरें ये थे अब तक के मुख्य समाचार और खबरों के लिए जुड़े रहिए बीबीएन वर्ल्ड न्यूज से हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जय हिंद खबरें अभी और भी है बने रही हमारे साथ